सोना उगले उगले हीरे मोहती राम राम राम राम राम राम राम। ही है लड़की से लड्डू भी है आई लव यू अरे तुम्हारी ऐसा मत बोल रहे मैडम जी मैं गाना खाता पोता था सुनो के अरे सुनना है अरे अरे अरे नहीं सुनना तेरा गाना अरे है अरे अरे ऐसा नहीं होगा मेरे गाना सुन के आप मेरे से प्यार होगा ठीक है अरे यार मेरी सोना उगले उगले मोती अरे, हीरे अरे, अरे लड़की ने पहना है धोती अरे दुगड़ा तेरे को बोलना नहीं आता क्या नहीं भाई बनती है मोटी हाइट में छोटी खेलती है गोटी अरे नहीं आता अभी खेलना नहीं सी एन टू लोग अरे भाई ऐसा क्यों दिखाता है गरीब को भाई नहीं दिखाता तुम पता रही है अरे है क्या? अच्छा, तेरी क्या क्या आज ऐसा बोलते है कि नहीं ज़िंदगी में सालों सूत्री का तो क्या आप बता ये बुणा ये बुणा सा, आप नंबर ये थोड़ा आपको आप कितने नंबर हो अरे तुमको क्यों चाहिए तुम बोखाओ था क्या बोल दियो? अरे तुम है तुम। दिया रे मैडम बोलती हूँ अरे, तुम की की यार। अरे तो यार, जी यार। आप कौन सी नंबर हो बताओगे ये नहीं से मैं भी तुमको अरे तेरे जैसे नुबड़ा आएगा तो फिर किधर से जीतेंगे मैं नंबर एक बोल रहा हूँ तेरा वो कुछ दिखाता हूँ अरे तुम्हारा बैठ बोला था क्यों बैठेंगे अच्छा हमको सिखा रही है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार इधर आओ ना मार करेंगे भाई सब क्या, करेंगे, भाई सब क्या, करेंगे, क्या तुम लिए तेरे तेरे कहना ना ना मैं बहुत आता आता का का देख लिया खेलना नहीं अरे आई नो बेटा सर तेरे केदर केदर था गेम नहीं आता था क्यों डाउनलोड करता है गेम किसने डाउनलोड किया यार आज पक्का माइनस हो जाएगा किसी के जैसे देख देख ये रेट में ये केस क्यों पा क्या बात है अरे अरे इसे मत बोल ना बर्ड क्यों बोलते हो बर्ड को बर्ड नहीं बोलते अच्छा बैंड के अरे आई लव यू बेटा अब तो मेरी गर्लफ्रेंड मत जाना मेरे भाई अब वहां तक मत रहो अरे बॉट कहीं का, नहीं का, नहीं का क्या? जो अच्छे से खिलेगा वही बनेगा मेरा बोल जाओ बनाओगे मार के तो दिखाओ पहले चलो आप ऐसा मारूंगा भाई अरे यार माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना आ देखेंगे अरे भाई मार दिया बॉडी मिस्टेक चल गया तुम्हारी लोता है क्या ऐसा है टेंशन ना ले बेटा आपको माइंड समझ नहीं तुम का अरे ये हेड मार रहा है क्या एए। एए। तो अरे भाई ये ओ भाई अरे हाय लगा के आए हो क्या लग अरे भाई पता नहीं मैडम ये कितने बंदे मार रहे हैं हेड से अरे इसके वजह से हमारा आईडी चला नहीं जाएगा यार अब यूज़ मत करो। अब तो बनूगा तुम्हारा हाय। था था था, था, था, था. था, था, अरे मैडम तुम बैग यूज करके आए हो। तुम्हारी वजह से मेरा आईडी जला जाएगा अरे वजह से यहाँ डी बैन हो जाएगा अरे नहीं होगा ना मैडम जी नहीं होगा यार ऐसा मत करो मजा होना अरे तो क्यों जा रहे है आप पता नहीं अच्छी बात मत नाम नहीं तुम रिपोर्ट करना वो बंदे लोग सच रिपोर्ट करते हो रिपोर्ट कर रहा है ये देखो हेड मार दिया इसकी ना मेरा देखो देखो ये एक लगा है हैकर है अरे भाई हैकर कर भाई किल चला जाता है सीजन 2 का आईडी चला जाएगा भाई इसको क्या तो पता साला बड़ा आईडी डी क्या आता है आईडी है ये देखो अरे बंदा हैक करके आती तो तो तो हो नहीं तो, मेरा आप बॉयफ्रेंड हम हैकर की नहीं जब है खेलो ना नहीं अब तुम्हारा आईडिया रिपोर्ट करके आई डिपेंड कर देंगे अरेकर नहीं हूँ नहीं रेकर नहीं मैं वो देखो उड़ रहा है ये देखो देखो देखो देखो। अभी कौन सा वाइक यूज करके आए हो यार क्या किया यार? है ए आईडी हो है। क्या क्या रहा यस, यस, यस, यस। रिपोर्ट मैडम जी आप आप बस एक ही नहीं मैं हैकर के साथ नहीं जाऊंगी। अरे आप भाई ये लड़के तो ये दीदी लगता है तुमको <laughs> अच्छा, तो मैं नहीं अरे नहीं तो मैं मरदा बोल दो यार बोल दो बोल दो हाँ बोल दो नहीं तुम फिर माइनस कर ये देखो फिर से एक, एक मार क्या हुआ नहीं ग्रुप लेके का लड़की लड़की बुलाओ अरे को में रहते का का दे भाई साहब कहा है ओ किक मार तेरी अरे भाई यार रिक्वेस्ट ले लो यारिके भाई रिक्वेस्ट ले लो यार यार्लीज भाई क्या लड़की है भाई, तो है बोला ना भाई तो मैं हट अरे भाई, भाई अरे, भाई, अरे भाई, ले यार अरे अरे मजाक कर रही थी मैं अरे भाई मैं प्रैंक कर रहा था, भाई, तुम भाई, अच्छा, तुम तुम प्रैंक कर कर रहा हाँ भाई भाई हाँ भाई भाई तुम तुम अच्छा लोग रहे थे ऐसा रिक्वेस्ट ले ले यार हम लोग भाई हाँ भाई तेरा लिया करना हो, नहीं पता है क्या <laughs> अरे भाई भाई ते भाई लड़की लो ना। अरे जब आई भाई भाई बोला तो मैं तो अरे जाते है ना अरे भाई वो लम्बे में जा रहा हूँ कागज आता का रन में टाइप इसका आता है रणनीति के बाद भंजोत जो भी हो भाई मजा आ गया भाई फ्री में मिला है सीजन 2 मतलब भाई सामने निकाल दिया भाई व्हाट क्या आता है हैक ब्रो व्हाट इज दिस सबने निकाल ले सीजन 2 इसमें हम लोग लाइक मारो शेयर मारो सब्सक्राइब मारो लाइक शेयर मारो सब्सक्राइब मारो गाइस बाय बाय टाटा एंड लव यू दोस्तों